मसालों के अंदर अगर देखा जाए तो सभी मसालों के अंदर आज ऊपरी स्तरों पर हल्का हल्का दबाव देखने को मिल रहा है लगातार पिछले कुछ दिनों से धनिया में जबरदस्त तेजी देखने को मिली धनिए के साथ जीरा में भी खरीदारी लौटती हुई नजर आई और हल्दी भी अपना अपनी खुशबू बिखेरती हुई नजर आई लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर हल्दी के अंदर जहां मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है तो वही जीरा काफी पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है निर्यात मांग बढ़ने लगे है जिसकी वजह से जीरे की कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है लगातार हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताया है कि जीरे की कीमतें अगर 16000 के ऊपर सस्टेन करती हैं, तो उसमें तेजी बन सकती है और आज आप देखिए जीरे की कीमतें 16,500 के ऊपर निकल चुकी हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि 16,800 से लेकर 17,200 तक जीरे की कीमतें एक बार ऊपर में जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसलिए जीरे के अंदर भी खरीदारी की तरफ जाया जा सकता है वहीं धनिये की बात करें तो धनिये के अंदर जबरदस्त तेजी आ चुकी है सतासी के पास हम धनिये को कारोबार करता हुआ देख चुके हैं अब ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली आती हुई नजर आ रही है लेकिन अभी भी मंडियों के अंदर अराइवल कम है और खरीदारी देखने को मिल रही है अब उम्मीद की जा रही है कि धनिया 9000 से 9500 तक का भी स्तर दिखा सकता है यानी हल्दी को छोड़ दें तो धनिया और जीरा दोनों ही कॉमोडिटीज के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों कॉमोडिटीज के अंदर अभी ऊपरी स्तर छूते हुए नजर आ सकते हैं अगर जीरा सोलह के ऊपर सस्टेन रहता है सोलह से तो मुझे लगता है की आने वाले दिनों में साढ़े से अठारह का भी स्तर जीरा दिखा सकता है तो आने वाले दिनों में जीरे और धनिये के अंदर तेजी बनी रह सकती है जबकि हल्दी थोड़ी सी सुस्ती के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है